अरे ये बंदे अपन को तो बहुत पेल रहे है भाई लोग देखो अपन क्या आधी हेल्थ तो खा लिए है इन्होंने पर ही इन्हें भी पेल लेंगे एक को तो अपन ने निपटा लिया है पर ये दूसरा बहुत चालाकी कर करा है देखो मतलब क्या ही हेल्थ लगा कर रहा था पर अपन की भी लग चलो इसको का दिया है नक और आप उनको आग लगानी पड़ेगी हेल्थ नहीं तो आप उनकी पुंगी बच जाएगी यहाँ पर चलो पूरा मार देंगे लास्ट बचा हुआ कोई ढूंढोगे जो आप उनके बंदे को मार रहा है पूरा मार दे साले ने एक एक बचा इसकी तो फोपड़ी तोड़ देंगे रे बाबा okay. पूरा का पूरा इसे मार दिया भाई okay. लोग तो आप करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप उन पर भी कर दिए तो ठोक यार देखे